और भाई क्या करते हो भाई मैं लोगों को खुश करता हूँ एक रात का कितना लेता है तो कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ लिंक भेज दिया कर बेटा क्या चल रहा है तू ही चल रहा है हम तो बैठे हुए इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या उन लोगों की है जो दूसरों की बीवी को देख के बोलते हैं के ये इसको कैसे मिल गई अभी तो स्मार्ट लगू अरे भाई देख देख देख देख करंट लग गया उसको चल बचाना चाहिए ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड बचा लेंगे कर रहा इंस्टाग्राम करता दिखे बहुत लोग सिगरेट की वीडियो बना रहे हैं रील पर आज हम भी बनाएंगे लारा सिगरेट देखेंट ला लाइटर दे। ला ला। ला तो लाया डॉक्टर <laughs> साहब सुबह सुबह सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है अच्छा कितने बजे उठते हो सही आठ बजे थोड़ा जल्दी उठा करो यार बाबा रामदेव के लोग ना सुबह पाँच बजे उठ के सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं <laughs> अरे भाई कहा जा रहे हो कुछ नहीं भाई मॉर्निंग वॉक पर तो इस गली से जाओ ना शॉर्टकट है <laughs> भाई साहब पेट्रोल क्या भाव है एक सौ नौ रूपया ना मेरी सो में फाइनल करो। खेबड़ी, खेबड़ी। करोड़ी वो क्या है ना भैया तुम्हारे बाल देख के कंफ्यूज हो गए थे तुम तो खेबड़े हो कोर्ट में एक केस चल रहा था जज ने औरत से पूछा ऑर्डर ऑर्डर तुम्हारे पति कैसे मरे औरत बोली जी जहर खाने की वजह से। जज बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा अगर तुम्हारे पति जहर खाने से मरे हैं, तो इनके शरीर पर चोट के निशान कैसे पत्नी बोली जी ये जहर खाने से मना कर रहे थे जरूरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड धोखेबाज हो शायद उसका शौक हो तो दो बॉयफ्रेंड बनाने का अगर आप लॉकडाउन में घर बैठे परेशान और बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें हम कौन से जन्नत में हैं? क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे भाई यार एक बात पूछो हाँ इस दुनिया में चुटकुले ना होता तो क्या होता चुटकुली होती छोटी सी माइक्रो साइज तो अर्ज किया है फूल है गुलाब का नशा है शराब का और यह है भोसड़ी का यूड़ी। यूड़ी। गुलिस्ता मुझे यू छोड़ के मत जाना मेरी जान मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे बाप के पैसों से और चली गई। पानी बंद हो यार राहुल आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा जो तुम अच्छा बनाती हो वो ही आज बना दो फिर फिर क्या वो मुंह बना के बैठ गई <laughs> <laughs> कुत्ता पाल लेना बिल्ली पाल लेना लेकिन ये इश्क की बीमारी कभी मत पालना अबे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना कुत्ता पालने देंगे, ना बिल्ली और अगर गलती से इश्क की बात कर दी तो मुझे भी नहीं पालेंगे सोरी <laughs> <laughs> भैया क्यों, क्यों क्या हुआ आई एम प्रेगनेंट साले तू तो फिर से दारू पीकर आया? आपको कैसे पता साले तू लड़का है क्यों <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मैं आपको लाइक करती हूँ अच्छा लाइक करा है तो कमेंट और शेयर भी कर <laughs> मेरा एक सवाल है जैसे किसी के पास करोड़ो रुपए हैं, तो उसको हम करोड़पति कहते हैं किसी के पास लाख रुपए, तो उसको हम लखपति कहते हैं मेरे पास यार सौ रुपए मेरे को कोई सौपति बोलो यार <laughs> बहुत बुरा लगता है यार सोपति बोलो भाई भाई तुम इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो क्या खा हो? बोलो जुबा कैसी? डॉक्टर झटका जी अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप अपनी जनता के लिए क्या करोगे तो मैंने दुनिया का ठेका ले रखा है मैं अपना अपने भाई एरिया में चलती है अपनी थर थर खापते है मेरे नाम से लोग दिखाऊं? आ इधर अभी देखना, ऐसे दिखाऊरता मुझसे लोग, साला, देखा कैसा डर के भाग गया ना? तो है मेरे नाम। भाई। हा? यार आज मैं लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ क्या पहन के जाऊ कपड़े <laughs> कपड़े पहन के जा, मजा आ जाएगा ट्राई करके देखो रात को पढ़ते पढ़ते ख्याल आया पेन उठाया पेपर उठाया एक नई इक्वेशन बनाई बेड प्लस रजाई फाड़ में गई पढ़ाई तो बच्चों बताओ ये क्या लिखा हुआ है सी एच ओ एल ई छोले सर छोले की स्पेलिंग तो ठीक है बटूरे की गलत है अगर हाथ में फोन हो तो खाना खाने में एक घंटा लगता है और अगर यही फोन मम्मी पापा के हाथ में लग जाए ना तो खाना पीना नहना धोना सोना सब दस मिनट में फ्री हो जाता है हमारा अरे यार जल्दी चलना और कितनी देर अबे तू शांति पकड़ शांति बता ना किधर अभी पकड़ता हूँ किधर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 ए, चल चल चल चल भाई यार एक खिला देगा तो क्या हो जाएगा अरे एक को खिला रहा हूं, काफी नहीं है क्या नहीं। एक को खिला ये नहीं। नहीं। इतने हट्टे कट्टे बंदे के हाथ नहीं है ईश्वर कहा रखू ला इधर दे दो हाँ <reconcile régioncko> करो दे खाले काले कल टी खे खाले